दोस्तों अगर 50 फिफ्टी का क्वेश्चन तो मतलब काफी अच्छी है तेरह अप्रैल दो हजार इक्कीस को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीई सी कौन बने हैं सीई सी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है चीफ इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुशील चंद्र इसकीन पे आप फोटो देख सकते हैं हैं। इनका सुशील चंद्र। देखते वर्तमान चुनाव आयुक्त जो कि अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्र को अब भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है 13 अप्रैल 2021 से उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है वो वर्तमान सीईसी -सी, सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे इससे पहले सुनील अरोड़ा जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका स्थान ले लिया है सुशील चंद्र ने भारतीय निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य थे वर्तमान में जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो चुनाव आयुक्त होते हैं तो दो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार और सुशील चंद्र तो उसमें सुशील चंद्र को बना दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त क्वेश्चन नंबर दो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान दो प्रदान किया गया है कलिंग रत्न सम्मान राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हाली के राज्यपाल को हाल ही में राज्यपाल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरला भवन के सरला साहित्य संसद के चालीसवें वार्षिक दिवस के अवसर पर कटक में प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया है Next, हाल ही में इक्याव दादा साहेब फालके पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है दादा साहेब फालके पुरस्कार राइट right आंसर यहां पर हो जाएगा साउथ के एक मशहूर कलाकार है जिनको ये चुना गया है इक्यावनवे दादा साहब फालके अवार्ड के लिए तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजनीकांत इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं साउथ के दक्षिण के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को इक्यावनवे दादा साहब फाल के पुरस्कार के लिए उनको सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित अभिनेता रजनीकांत रजनी को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए 2019 का दादा साहब फालके अवार्ड दिया गया है यह अवार्ड पाने वाले रजनीकांत बारवे दक्षिण भारतीय कलाकार है पचासवा दादा साहब फाल पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था क्वेश्चन हाल ही में दो के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है सरस्वती सम्मान 2020 स्क्रीन पे इनका एक फोटो है इनका नाम है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले, जिनको हाल ही में सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 उनको प्रदान किया गया है के -के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है जबकि दो में वासुदेव मोहित को सरस्वती सम्मान दिया गया था दो हजार उन्नीस के लिए दो के लिए दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले सनातन पुस्तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासन को शामिल किया गया है योगासन को इसका आयोजन कहां पर होना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहां होना है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया जाना है चौथे संस्करण का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल इसको किया गया है पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण जो की दो में हुआ था उसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था और चौथा संस्करण वो पंचकूला हरियाणा में आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केके के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है व्यास सम्मान आप जाने माने हिंदी के लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान दो हजार बीस से सम्मानित किया गया है उनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी नामक उनका एक उपन्यास है इसके लिए उनको 31वें व्यास सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है उन्नीस सौ में शुरू किया गया व्यास सम्मान केकी बिड़ला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों में के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान गांधी शांति पुरस्कार आंसर यहां पर है ऑप्शन बी बंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान फोटो है फैक्ट देखते हैं बंग सम्मानित किया गया इस वर्ष दो हजार बीस और दो हजार उन्नीस दोनों वर्षो के लिए गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन है तलवार खेल होता है इसमें करने वाली इस स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका भवानी देवी भवानी देवी को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पंडुबी का क्या नाम है ऑप्शन सी आई एन एस करंजो देख लेते हैं आई एन एस करंज भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पंडुबी मिली है जिसे मुंबई में प्रोजेक्ट पी सेवेंटी फाइव के आई एन एस करंज के रूप में शामिल किया गया है करंज आईएनएस करंज से पहले आईएनएस एन कलवरी और आईएनएस खंडेरी दोनों ही पंडुबियां भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं 2017 और 2019 में और 2021 में शामिल हुई है आईएनएस करंज नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हुआ है मर्ज हुए दोनों उसके बाद उनका नया नाम क्या रखा गया है राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय होने के बाद अब इसका नया नियुक्त किया गया है इसरो ने किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च किया है अमेजोनिया वन उपग्रह को उस देश का क्या नाम है? राइट right आंसर हो जाएगा इस question का option C, Brazil. Brazil का ब्राज़ील। ब्राज़ील उपग्रह है जिसे हाल ही में अंतरिक्ष को लॉन्च किया है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल पी एस एल वी सी फिफ्टी वन uh, -51 के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था Next question हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने इंद्रधनुष धनुष थ्री का शुभारंभ किया है इसका संबंध किससे है इंद्रधनुष धनुष थ्री राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी टीकाकरण टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष धनुष थ्री केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर वर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज को विस्तार के लिए समग्र मिशन इंद्र धनुष को लॉन्च किया है यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी अब इसका तीसरा जो अभियान शुरू किया गया है, इसका मिशन यह इसके अंदर कफ, पोलियो तपेदिक खसरा मैनिजाइटिस और हेपेटाइटिस भी आदि रोगों के लिए टीकाकरण किया जाएगा नंबर थर्टीन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच नोवाक जोकोविच पुरुषों के एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच ने अपने नौवे ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्राउन को डेनियल मेदिदेव को हराकर कुल मिलाकर अपना अठारवा ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीत लिया है जबकि महिला वर्ग में नौमी ऊषा महिला वर्ग में विजेता रही थी ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है पक्षी महोत्सव कलरव इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी बिहार बिहार राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन हाल ही में किया है फैक्ट देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले के स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलर उन्द्रीय केंद्रीय पर्यावरण केंद्री मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन आंसर इसका ऑप्शन होगा डी जिसमें उपयुक्त सभी यानी कि सभी राज्य जिसमें दे रखे हैं ऊपर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान और दिल्ली हिमाचल प्रदेश छह राज्य इस लखवाड़ बहुद्देश परियोजना से लाभान्वित होंगे इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं उत्तराखंड की 300 सौ मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशी परियोजनाओं को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी फरवरी को दे दी है यमुना नदी पर स्थित यह परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है इस परियोजना से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के साथ विद्युत उत्पादन होगा निम्न में से किसे पद्म भूषण दो हजार बीस मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण दो हजार बीस मरणोपरांत किसे दिया गया है आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी कि तरुण गोगोई असम रामविलास पासवान बिहार और केशुभाई पटेल गुजरात तीनों को ही मरणोपरांत पदम भूषण दो से इनको सम्मानित किया गया है आप, आप यहां करके देख सकते हैं पद्म भूषण जिसमें 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक दो में भारत का कौन सा स्थान है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक दो हजार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन छियासी स्थान है भारत का भ्रष्टाचार अवधारणा 2020 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार अवधारणा एक जिसमें 180 देशों में से भारत को छियासीवा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है दो हजार की तुलना में भारत को छह स्थान भारत घिसक गया है जबकि पहले भारत का अस्सीवा स्थान था जबकि इस बार भारत का छियासी स्थान आ गया है ंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है चार में, जबकि सोमालिया और दक्षिणी सूडान को एक उन्यासी स्थान पर सबसे नीचे रखा उनको रखा उनको गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस दो समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है किस राज्य की झांकी है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार उनको दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हाल ही में इसरो ने एक उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है इसरो के द्वारा 104 उपग्रहों को लॉन्च करने का रिकॉर्ड था जिसे हाल ही में स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है उसका नाम है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी स्पेस एक्स स्पेस एक्स जो कि एक निजी स्पेस कंपनी है अमेरिका की जिसके मालिक हैं एलोन मस्क इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं स्पेसएक्स ने 143 छोटे उपग्रहों की ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर वन नामक अपने एक महत्वाकांक्षी राइडर्स शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है इस लॉन्च के साथ स्पेसएक्स ने फरवरी 2017 में इसरो द्वारा 104 उपग्रहों को एक ही मिशन में पी पर बोर्ड करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है स्पेस के संस्थापक और सी ई ओ मस्क स्पेस का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी आप स्क्रीन फोटो देख सकते हैं इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड इम्पोर्टेंट फैक्ट हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस चौबीस जनवरी के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था वह बी एग्रीकल्चर की छात्रा है हरिद्वार के रुड़की में दौलतपुर गांव में रहते इस कदम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी दी गई थी क्वेश्चन नंबर हाल ही में संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट ट्वेंटी वन किन किन देशों के मध्य हुआ है डेजर्ट नाइट ट्वेंटी वन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया था संयुक्त सेना डेजर्ट नाइट ट्वेंटी इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास किया गया था यह अभ्यास दो वायु सेनाओं के बीच अनुबंध की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमेनुअल मैक्रोन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाल ही में जो बाइडन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी छियालीसवे राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जो बाइडेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के छियालीसवे राष्ट्रपति बन गए हैं वही भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में अठहत्तर साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति भी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अंदर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय पासपोर्ट को चौरासीवां स्थान प्राप्त हुआ है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हैंनले एंड पार्टनर्स द्वारा हैंनली पासपोर्ट इंडेक्स दो जारी किया गया हाल ही में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दो के लिए हैनले पासपोर्ट सूचकांक में जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने का शीर्ष स्थान उन्होंने हासिल किया है जबकि भारत को एक देशों में से चौरासीवा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा महीने के रूप में दो में कब से कब तक मनाया गया था नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जिसे कहते हैं राइट हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक के लिए पहली बार सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया गया था इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करता था लेकिन 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की मनाने की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के रूप माह के रूप में मनाया गया था जो कि 18 जनवरी 2021 से लेकर 17 जनवरी फरवरी 2021 के लिए मनाया गया था थीम रखी गई थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीई कौन बने हैं इन पर फोटो देख सकते हैं इनका रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ हैं। आंसर ऑप्शन बी सुनीत शर्मा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को रेलवे कार, बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ सहित रेल मंत्रालय के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में उनको नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक जनवरी दो से उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है शर्मा ने इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव की जगह ली है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन जिसे जी गावी कहते हैं कि मैं किस भारतीय को सदस्य बनाया गया है गावी में? राइट आंसर ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जिसे हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन में इनको सदस्य नामित किया गया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय आईएनएस सिंधुवीर पंडुबी को प्रतिष्ठा किया है किया है अपनी नौसेना में आईएनएस सिंधुवीर पंडुबी को आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार देश ने हाल ही में भारतीय आईएनएस सिंधुवीर पंडुबी को प्रतिष्ठापित किया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो इसका म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिष्ठा किया है जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा देश को सौंप दिया गया था यह म्यांमार नौसेना के सस्तागार में पहली पनडुब्बी है आईएनएस सिंधुवीर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है द लीजन ऑफ मेरिट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन सी अमेरिका अमेरिका ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से उनको सम्मानित किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के अब जो बाइडन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ईयर अवार्डन सी लुइस मर्स मर्सिडीज के फोरमूलावन रेसर हैं, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं लुइस हैमिल्टन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का अवार्ड दिया गया है बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवान का नाम है जो की फीफा के बेस्ट मेन्स प्लेयर ऑफ दर टू थाउजेंड ट्वेंटी चुना गया है स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं देखते हैं रोनाल्डो फीफा मैं 2020 हजार बीस के, को पिछले साल के और को खिताब जीत लिया है बत्तीस वर्षीय लेवाना यूरोप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले और बायस के साथ चैंपियंस लीग के विजेता भी हैं रॉबर्ट लेवानोस्की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. हाल ही में गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है ऑप्शन सी सेल एस एल इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं सेल यानी कि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में दो हजार बीस के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंग बंधु पुरस्कार शुरू किया है यूनेस्को के द्वारा उस देश का क्या नाम है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बांग्लादेश बंग बंधु शेख मुजिब रहमान इंटरनेशनल प्राइज शुरू किया गया है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंग बंधु शेख मुजिबर रमान है यूनेस्को ने बंग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंग बंधु बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मति से दो हजार दसवें में क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बंगाल बांग्लादेश बंग शेख मुजिबर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर प्रस्ताव को अपनाया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना है टाइम मैगजीन के द्वारा चुना जाता है पर्सन ऑफ द ईयर 2020। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी कि जिसमें कमला हैरिस और जो बाइडेन दोनों को ही संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड चुना गया है स्क्रीन पर फोटो देख देते हैं जो बाइडेन अमेरिकी छियालीसवें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जबकि कमला हैरिस जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का २०२० के लिए पर्सन ऑफ द ईयर उनको संयुक्त रूप से चुना गया है दो में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर उनको चुना गया था दो के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी में ग्लोबल टीचर प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी रंजीत टीचर प्राइज के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले दिस के ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना है चांद पर झंडा फहराने वाला राइट right आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी चीन चीन के द्वारा हाल ही में चांद पर झंडा फहराया गया है स्क्रीन पर फोटो दे सकते हैं झंडा फहराते हुए इंपोर्टेंट फैक्ट देते हैं चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा उन्नीस में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी चीन ने चांग ई e फाइव मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए चांद पर भेजा गया था अगर चांद से वापसी की यात्रा सफलता पूर्व संपन्न हो जाती है तो चीन चांद से नमूने लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा अब तक ये रिकॉर्ड 1960 सौ के दशक में संयुक्त अमेरिका और सोवियत संघ के नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है उन दो शहरों का क्या नाम है आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों जिसके अंदर ग्वालियर और ओरछा दोनों को ही विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है ऐतिहासिक और और सूची में इनको शामिल किया गया है इसे शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की संख्या कुल मिलाकर अब चालीस हो गई है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवन हाल ही में फोब्स के द्वारा जारी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है का एंजेला एंजेला फोटो देख सकते हैं इनका जो कि पहले स्थान पर है जबकि निर्मला सीतारमन भारतीय वित्त मंत्री है जो कि इकतालीसवें स्थान पर है सूची में पहले स्थान पर एंजेला मॉर्कल है जो कि जर्मनी की चांसलर है जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फॉर्प द्वारा जारी सूची में 100 शक्तिशाली महिलाओं में इकतालीसवा स्थान प्राप्त हुआ है यह दूसरा मौका है जब उन्हें सूची में रखा गया है। 2019 में वह चौतीसवें स्थान पर थी जबकि 2020 में वह में स्थान पर रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक दो जारी किया गया है जेंडर इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन ए 140वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक सौ छप्पन एक सौ चालीसवा भारत अट्ठाईस स्थान नीचे खिस गया है इस वर्ष जबकि दो में भारत को एक स्थान प्राप्त हुआ था आइसलैंड जो की बारहवीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक क्षमता वाले देश के रूप में सूचकांक पहले स्थान पर रहा है जबकि अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में सबसे नीचे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाल ही में 2021 में, में हुए आईआईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है शूटिंग वर्ल्ड कप में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी भारत भारत शूटिंग वर्ल्ड कप दो में पहले स्थान पर रहा है भारत नई दिल्ली में डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 18 से लेकर 29 मार्च 2021 तक आई शूटिंग वर्ल्ड कप में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा भारत ने 30 पदक के साथ 15 स्वर्ण 9 रजत 6 कांस्य पदक शामिल थे अमेरिका 4 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी हाल ही में जारी हुए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जिसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स दो कहते हैं जिसमें भारत का क्या स्थान रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि तिरपन देशों में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है भारत को गत वर्ष छत्तीसवा स्थान प्राप्त हुआ था लेकिन इस वर्ष भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है उन दो राज्यों का क्या नाम है केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के मध्य में यह समझौता हुआ है विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र जल संक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदियों बीच के क्षेत्र में अधिश क्षेत्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र और जल दुर्लभ तक पानी पहुंचाना है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर टू का अवार्ड किसे वाई एस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है जिनको हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर दो का अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग, अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हजार बीस के लिए right राइट आंसर ऑप्शन सुब्रमण्यम अरुंधति सुब्रमण्यम को यह अंग्रेजी भाषा के लिए अवार्ड दिया गया है उनकी जो शीर्षक और शैली इनकी है वेन गॉड इज अ ट्रेवलर देख सकते हैं स्क्रीन पर आप यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है अंग्रेजी भाषा के लिए अरुन्नति सुब्रमण्यम को चुना गया था जबकि हिंदी भाषा के लिए ऑप्शन सी है, आंसर राइट हो जाएगा अनामिका नाम है इनका और जो इनकी जो देख सकते हैं शीर्षक इनका है टोकरी में दिगंत करके एक इनकी जो पुस्तक है उसके लिए इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है टोकरी में दिगंत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2021। राइट right आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी कर्नाटक इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स दो का दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित होने वाला है यह घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस ये और केंद्रीय के भुवनेश्वर में फरवरी दो हजार बीस में आयोजित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर, पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है पेरिस जलवायु समझौते में उस देश का क्या जो बाइडेन की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पैरिस जलवायु समझौते में हाल ही में वापसी की है इससे पहले नवम्बर दो हजार बीस में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर समझौते आधिकारिक रूप से छोड़ दिया गया था क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का रोवर उतरा है प्रिजर्वेंस राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ऑप्शन बी नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक रोवर है प्रिजर्वेंस जो हाल ही में मंगल ग्रह पर उतरा है फैक्ट देख मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसकी स्थापना एक अक्टूबर उन्नीस सौ अठावन को की गई थी ये इसका फोटो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है उसकी लंबाई कितनी है मालगाड़ी वासुकी राइट right आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ऑप्शन बी तीन पॉइंट पांच किलोमीटर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन वासुकी इसका नाम है जो कि तीन किलोमीटर लंबी है छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में लगभग तीन पॉइंट पांच किलोमीटर की इकाई के रूप में मालगाड़ियों के पांच रैक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन करके अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है वास्तु नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच दो किलोमीटर की दूरी को सात घंटे में तय किया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए नौ जनवरी नौ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं द्विवार्षिक रूप से नौ जनवरी को भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है दो का विषय है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी यानी कि आज के दिन 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है अगला क्वेश्चन है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी पहली लिथियम रिफाइनरी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी गुजरात गुजरात में स्थापित होगी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है मनीकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी और हमारे इस आज की क्विज का आखिरी क्वेश्चन है हाल ही में अप्रैल दो में भारत के अड़तालीसवे चीफ जस्टिस कौन बने हैं भारत के अड़तालीसवे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए जस्टिस एन वी रमना जिन्होंने हाल ही में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े इनका स्थान लिया है और अड़तालीसवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं जस्टिस एन वी रमना